वो कमाए हुए यार बिछड़ गए कोई करियर और मोहब्बत के चक्कर में कोई कमाने के चक्कर में ओ, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने